japatan meri jaan se magmit jana chuk chuk chya bob public suru kar lao chuk माँ बहुत मारा गंदा वाला मारा इसकी लाल करना पड़ेगी लाल करना करना पड़ेगा को लाल करना पड़ेगा गैस तो गैस खोबड़ी को लाल करना पड़ेगा खोबड़ी को लाल अभी अपन गेम में उतर चुका है तो इधर ये बंदे यार क्या क्या हुआ आ चुका है है बहुत नहीं तो मेरी जान उस गेमिंग ऐसे कुछ का बंदा आया उसके से पास से गन ले लेंगे गमले तो लेते लेते लेते ये तो सौ छठ हैट पड़ा है है उसका मैं मैं यार जीत जीत चुका चुका वो क्या तो दिया चारा छ दो, तीन, चार, पाँच। My love, my love. I don't need to talk to you anymore. I'm tired. You're tired of my heart. I'm tired of talking to you. स्वाद लेकिल है go to the oh. Double kill oh, बोलती पबले योलती पबले ये पबले